िच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच पुअर थिंकिंग हैबिट विल मेक यू पोअर आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है ये भी एक हैबिट है यार जैसा सुबह उठना लगातार जाना चलिया करते हैं ना हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं चालीस दिन जाऊंगा हैबिट है सुबह वॉक करूंगा हैबिट है किताब पढ़ूंगा पंद्रह दिन हैबिट है तो अच्छा सोचना भी एक मैं आपको बता रहा हूं देखो छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं कुछ नया नहीं बता रहा अब आपको बोले क्या फर्क पड़ता है मैं बोलता हूं साला, जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है